तो अब हम देखते हैं सीरत क्या मस्ती कर रही है सीरत कहाँ जा रहे हो आप रात में बैक टंकर? श्कूल। श्कूल जा रहे हो और ये सर पे क्या लगा रखा है आपने टोपी।, टोपी लगा रखी है किसकी टोपी है ये आपकी है आपका नाम क्या है सीरत नाम है और आपके भाई का नाम क्या है आ, हैं? थुन्डी हैं? थुन्डी। हैं? थुन्डी। अस... थुन्डी। असली नाम बताओ आप हत्तु। हत्तु। ओके तो आप आपने क्या सीखा है स्कूल में थोड़ा बताएंगे जरा A, B, C, D, A, A, का हैं? ये क्या है और वन टू आता है आपको बेटा हाँ तो हाँ अभी आ, आप अपने भाई से मिलाओगे ये कौन है हयात हयात है हयात बाबू आप भी हाई करो हाई करो ओ वाह ये क्या करता है हयात बाबू क्या करता है पीता है अच्छा हयात बाबू आप दूध पीते हो अभी तो आप शांत तो इस्मा करो इसमाइल अरे वाह वाह वाह वाह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड और आपके घर में कौन कौन है पापा हाँ? और मम्मा हाँ? और कौन में? और कौन है और पोंदड़ू क्या चाह रहा है बस बस बस बस बस माफ़ कर दो इसको माफ़ कर दो हयात हयात बेबी क्या चाह आप क्या चाह रहे हो अरे वाह अरे अरे थक्क थकू निकाला आपने अच्छा चलो बाय करेंगे सबको न न हाथ नहीं मोड़ना सॉरी कह दो सॉरी कह दो हाथ को खाले खाले। ए? आराम से कहो देखो आप सब देख रहे हैं आपको गंदे बच्चे हो ना आप चलो बाय कर दो सबको बाय कर दो पो, पोला दे दो ऑनलाइन Ah <laughs> <laughs>